चैट जी जानते हैं आप चैट जी के बारे में आखिर है क्या है चैट जी लोगों का कहना है कि आने वाले टाइम पे लोगों की नौकरी खा जाएगा समझ लो बात कैसे कंटेंट राइटर बहुत सारे एडवाइजर होते हैं ना लोगों को कहना है कि आने वाले समय पे लोगों की नौकरी खा सकता है तो क्या ये चैट जी बी आने वाले समय में हमारे लिए सही है या नुकसानदायक है पता नहीं आपको नहीं पता तो मैं बताऊंगा कि होता क्या है चैट जीपीटी और इसका इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं देखिए बहुत सिंपल है गूगल एक सर्च इंजन है और चैट जीपीटी एक पोर्ट्राइट सॉफ्टवेयर है इसकी स्थापना सन 2015 में की गई थी एलन मस्क और सैम एल्सन नाम के व्यक्ति ने मिलकर इसकी स्थापना की थी पहले तो ये एक नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस था फिर बीच में एलन मस्क ने इसको छोड़ दिया इसके बाद बिलगेट्स ने जिनकी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट की और तीन नवंबर 2022 को इसको लॉन्च किया ये पोर्ट्राइट सॉफ्टवेयर के रूप में लॉन्च किया गया था इनके सीईओ जो है सैम इनका कहना है कि एक ही सप्ताह में 10 मिलियन से ज्यादा यूजर्स इसके हो चुके थे दस मिलियन से ज्यादा यूजर्स केवल एक हफ्ते में हो चुके थे समझ तो रहे आपको उसमें आपको सर्च कर तो आपको एक लिंक देता है लेकिन ये जो है ना ये आपको पूरा एक डिस्क्राइब कर देगा मतलब समझ रहे हो आप अब इससे कोई कुछ से पूछोग तो आप आपको ये लिख नहीं देगा ये आपको पूरी तरह से समझा देगा कायदे से कि इसका ये चीज होता है इसका ये होता है आप लेकिन देखिए ये जो इंग्लिस में ही अवेलेबल है केवल हिंदी में अभी अवेलेबल नहीं है केवल इंग्लिस में अवेलेबल है तो ध्यान से आपको कुछ भी पूछना तो आप इससे इंग्लिश में पूछिए क्योंकि आपका ये रिप्लाई हिन्दी में नहीं करेगा ठीक है तो एक प्रकार से लोगों के लिए बहुत सही भी है चूँकि जैसे जो लोग आगे बढ़ रहे हैं ना वीडियो वीडियो बनाते हैं फेसबुक में ऐसा कुछ करते ठीक है अपनी जो पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके लिए इसमें कुछ अगर आप पूछते हो ना क्वेश्चन तो ये आपका आंसर एकदम सटीक देता है गूगल से ही बढ़िया आंसर देता है हाँ लेकिन एक बात और है कि गूगल देखो अपने आप में एक ज्ञान का भंडार है क्योंकि काफ़ी लोग जुड़े हुए गूगल से ठीक काफ़ी पूरी दुनिया वालों गूगल से जुड़ी हुई है ठीक है तो गूगल अपने आप में एक सर्च भंडार है और ये सॉफ्टवेयर है इसको जितना ट्रेंड किया गया है समझ रहे हो आप जी है इसको जितना ट्रेंड किया गया है उतनी बात का जवाब देगी अगर आप इससे कोई गलत क्वेश्चन को पूछोगे तो आपकी बात का जवाब नहीं देगी हो सकता, सकती। ऐसा हो सकता है तो चैट जीपीटी में जो स्टूडेंट वगैरह उनके लिए बहुत ही अच्छा है चैट जीपीटी।, चै, जै, जै, जै जीपीटी से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं चैट जीपीटी से पैसे भी कमाए जा सकते हैं ठीक है काफी सारे हैं मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको चैट जीपीटी टी से पैसे कैसे कमाए जाते हैं और किसी चैनल जो आप बना रखा आपने यूट्यूब फेसबुक अंसा में किसी भी चीज में तो ग्रो कैसे करते हैं वेबसाइट बनानी है बना तो कैसे मालूम चलेगा कि चैट जीपीटी टी हमें कैसे बताएगा जैसे गूगल में जाते हैं तो उसमें काफी सारे ब्लॉग मिल जाते हैं हमें चैट जीपीटी क्या है आपको चैट जीपीटी आपको ब्लॉग नहीं दे रहा आपको पूरा एक बार बता देगा कि कैसे क्या करना कैसे नहीं क्या करना वो कैसे आपको ब्लॉग बन रेडी कंप्लीट हो जाएगा गूगल आपको काफी सारे लिंक देता है जितना तो जिसमें आप जाते हो ब्लॉग में सर्च करते हो तो वो आपको बताते हैं कि हर दिखे हर ब्लॉग में अलग अलग लोगों ने लिखा होता है क्योंकि अलग अलग सब लिखते हैं ठीक ब्लॉग में लेकिन जी क्या सॉफ्टवेयर है इसमें कुछ क्यों लिखने नहीं आता है जे क्या आपके क्वेश्चन का आंसर तीन सेकंड में ही देगा जस्ट तीन सेकंड में ही आपको क्वेश्चन का आंसर पूरा एकदम रिप्लाई कर देगा क्या कैसे करना है क्या कैसे नहीं करना है तो सिंपली यूज करना है इस्तेमाल कैसे करते हैं और चैट जीपीटी सब कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेंगे जो हमें बिल्कुल राइट आंसर देगी और चैट जीपीटी हमारी कैसे कर सकता है पैसे कमाने में तो आइए मेरी स्क्रीन पर देखते हैं हम लोग की चैट जीपी कैसे काम करता है इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं देखिए दिखाता हूँ मैं चैट जीपी टी को कुछ इतने से इंटरफेस हो जाएगा पेज पेज पेज आपके सामने ठीक है है देखिए तो ये देख रहे हैं। आप लिखा चैट चैट जीपीटी जीपीटी में जाएंगे खुल जाएगा ठीक है अब यहाँ पे हम लोग सर्च करते हैं इसको बोलते हैं है ना जैसे गूगल असिस्टेंट होता है उसी तरह देखिए रिप्लाई आएगा इसका देखिए प्ले अब इससे हम पूछते हैं हाउ टू यूज सोशल मीडिया है ना फॉर अर्न मनी हाउ टू यूज सोशल मीडिया फॉर अर्न मनी ये भेज दीजिए देखिये अब बताएगा आपको कैसे सोशल मीडिया से आप पैसे किस किस तरह से पैसे कमा सकते हो सोशल मीडिया से आप ये देखिए बता रहा आपको एक तो इंफ्लुएंसल मार्केटिंग हो गया ठीक है दूसरा फ्लीट मार्केटिंग हो गया तीसरा सेलिंग प्रोडक्ट्स तीसरा स्पॉन्सर्ड कंटेंट हो गया देखिए ठीक है एडवर्टाइजिंग देख रहे हो आप इसने इतने सारे आपको दे दिए फंडे पैसे कमाने के लिए सोशल मीडिया से आप किस किस तरह से पैसे कमाना सकते हो देखो अब कैसे पैसे कमाने हैं देखिए ये सी बताता हूँ देखिए how how I can how I can earn money Instagram Instagram ये अब बताएगा Instagram से कैसे कैसे कमा कमा सकते हैं हम लोग देखिए देखिए so. कर सकते हैं आप अपडेट मार्केटिंग कर सकते हैं आप सेलिंग है? प्रोडक्ट कर सकते हैं आप ठीक है और देखिये दिखाएगा काफी सारे आपको स्पॉन्सर्ड कंटेंट कर सकते हैं तो देखिए इतने सारे चीज़ दिखा रहा है ठीक आपको पैसे कमाने के बारे में कि ऑनलाइन पैसे आप कैसे कमा सकते हो तो, इसी तरह आप फेसबुक में सर्च करोगे तो फेसबुक का बताएगा ठीक व्हाट्सएप और जितनी भी चीजें अभी काफी सारी होती है ठीक है यूट्यूब वगैरह सब चीज सबके बारे में बताएगा आप किस किस तरह से देखिए Instagram के बारे में तो उसमें पूरा किस किस तरह से पैसे कमाए जाते हैं आप समझ लो जिसको नहीं भी मालूम है ना Google में जाकर सर्च करके भटकता रहता है ना लिंक लिंक पे जाके ब्लॉग ब्लॉग पे जाके उसको फिर भी मालूम नहीं चलता कि पैसे कैसे कमाए लोग सोशल मीडिया से ठीक है यहाँ पे पूछ चाहे जीपी में आके पूछो एक बार इससे पैसे कैसे कमाते हैं हम लोग ऑनलाइन देख लो पूरा आपको बता दीजिए इंस्टाग्राम के बारे में बताया इसने आपको अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप कॉपी करके और ट्रांसलेट कर लो जाके हिंदी में वहां पढ़ लो जाके कैसे कैसे फिर पैसे कमाने ठीक है अब आपको पता समझना है ना कि चैनल कैसे बनाना है यूट्यूब पे तो हाई मेक अ चैनल चैनल ऑन YouTube बताएगा आपको कि आप यूट्यूब पे चैनल कैसे बनाए तो यूट्यूब चैनल कैसे बनाना ठीक है अब मैं इससे पूछूंगा YouTube पे वीडियो कैसे बनाते हैं ठीक है फेसबुक पे इंस्टा पे रील कैसे बना देगा तो हाउस रील फेमस ऑन इंस्टाग्राम सब बताएगा देखिए so, देखिए इतना सारा बताओ बता दिया इसमें तो आपको यूट्यूब के बारे में तो तो ना वाला नहीं नहीं जितना में बता बता दिया देखिए देखिए देखिए एक ही ही बार कहीं आपको आपको की जरूरत पड़ेगी बताता है कैसे देखिए कि कैसी है रील बनानीम कर सकते देखो आपको बता देगा पूरा कि आप कैसा इंस्टाग्राम पर रील बनाओ जो आपको रील बनाओ या वीडियो बनाओ सब के बारे में बताएगा ठीक है? है सब चीज बताएगा किसी भी क्वेश्चन का आपसे आप ना तो भी एकदम क्लियर बताएगा आपको लिंक आ गूगल की तरह की आप जाओ इसमें सर्च करो ठीक है अभी इसके यूजर कम है इसमें काम चल रहा है सॉफ्टवेयर में ठीक है लेकिन मैं बोलता हूँ की आने वाले समय में ना इसकी जो समझ लो आप यूजर्स पढ़ेंगे ना इसके मेरे को लगता है ऐसा है कि गूगल को पीछे छोड़ देंगे क्योंकि तो ये जवाब देने के मामले में हालांकि ये बात ये क्लियर है कि अभी इसको ट्रेन किया गया है ठीक है इसको ट्रेन जितना किया गया कि ये उतना ही जवाब देगा ठीक है अब गूगल किया है गूगल में ज्ञान का भंडार है काफी सारे वहां पे आपको मिल जाएंगे लेकिन चैट जी पी जो है ना बात गूगल का मैं बोलता हूँ आपको पूरा एकदम देखिए क्लियर आंसर दे दिया इसने कि आप फेमस होने के लिए इंस्टाग्राम पर रील कैसे बना सकते हैं भाई और क्या लोग यार कोई तुमको इतना संचार आए है? तो कोई बताने वाला मिलता भी नहीं तुमको चैट जीपी टी बताने वाला मिल रहा है तुमको तो यूज करो और पैसे कमाना सीखो कभी स्टार्ट करोगे पैसे कमाना तो काफी सारे तरीके देखे ठीक है आपको किसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन तो देखना है ना तो कैसे देखोगे तो माई ब्लॉग माई ब्लॉग टाइटल देखो ब्लॉग का टाइटल बताएगा आपको अगर आप कोई ब्लॉग बनाते हो ना देखिए उसमें आपको टाइटल क्या है ये देखना है ये बताएगा आपको डिस्क्रिप्शन माइ न्यू देखिए टाइटल उसमें डाल दिए ठीक है टाइटल उसमें से आप कुछ भी कट करके जाओ तो टाइटल तो अपने ब्लॉग के हिसाब से रखोग ठीक है बाकी डिस्क्रिप्शन देखिए डिस्क्रिप्शन आप टाइटल यहाँ पर डालते हो क्या मुझे इस टाइटलिप्शन चाहिए ठीक है तो देखिए वैसे मैं कोई वीडियो बना रहा हूं, को चैट जीपी ठीक है तो डिस्क्रिप्शन बताएगा अपने ही बारे में बताएगा अब आपको देखिए चैट जीपीटी तो मैंने चैट जीपीटी का डिस्क्रिप्शन पूछा वो अपने ही बारे में उसको बता रहा देखिए आप तो कितना मतलब बढ़िया सॉफ्टवेयर है आपके लिए सो सर्च कीजिए ठीक है, आप पैसे कमाना आपको जो भी पैसे आपको है, है पढ़ाई में या फिर आपको आप चैनल शुरू करना चाहते हो वीडियो बनाना चाहते हो ऑनलाइन अर्न पैसा कमाना चाहते हो अपलेट मार्केटिंग में प्रोडक्ट सेलिंग करके तो आप चैट जीबीटी में पूछते हो बताता हूँ फेसबुक में हाउ आई प्रोडक्ट ऑन फेसबुक ऑन फेसबुक आपको बताएगा कि आप प्रोडक्ट कैसे कर सकते हो सब कुछ बताएगा कि आपको पहले फेसबुक बिजनेस पेज बनाना पड़ेगा ठीक है इसके बाद जो भी होगा ना सब कुछ आपको क्लियरली बताएगा आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है आपको शॉप सेटअप करनी पड़ेगी देखिए काफी सारा मतलब जितनी भी जरूरत होती है ना आपको भटकाएगा नहीं ये आपको ऐसा क्लियर बताएगा कि आप कहीं भटकोगे नहीं जाएगा काम स्टार्ट कर दो स्टार्ट कर दो पैसे कमाने के लिए सोशल मीडिया में आने के लिए या फिर तुमको जो भी बिजनेस के बारे में पूछना है तो तुम इस पर डालो ठीक है तुमको बताएगा बिजनेस के बारे में जैसे पूछते हैं कि हवाई स्टार्ट और शॉर्ट बिजनेस हवाई स्टार्ट शॉर्ट शॉर्ट बिजनेस ठीक है, देखो बताएगा तुम्हें बाकी तो फिर आपको देखिए इंग्लिश में पूछना है हिंदी में कुछ मत पूछना भाई जो भी पूछना आपको है, आप उससे इंग्लिश में पूछना ठीक है आपको ये राइट आंसर देगा एकदम ठीक है और अपने क्वेश्चन को भी ऐसा रखना की जो यार आंसर देने लायक है समझ रहा हूँ मतलब की सॉफ्टवेयर है तो हम कुछ भी डाल हैं। उट प्रटांग, उट प्रटांग मत डालना बताएगा तुम्हें तो कुछ नहीं है क्योंकि सॉफ्टवेयर गूगल नहीं है जो कुछ भी उठ पटांग कुछ ना कुछ सर्च करके कहीं ना कहीं से डाल के लिए गूगल हमारे लिए पेश कर देता है कि ले भाई देख ले तो चाहे हिंदी में सर्च कर चाहे मराठी में जाए कुछ में लेकिन ये केवल इंग्लिश में सर्च होता है इसमें आप जो भी सर्च कीजिएगा के उसमें केवल इंग्लिस में सर्च कीजिएगा आपको एकदम आइडियां देगा देखिए तो शॉर्ट बिजनेस का कितना लंबा टॉपिक उसने पकड़ा दिया लोग पढ़ो जाके आराम से और स्टार्ट कर लो अपना बिजनेस ठीक है या फिर किसी भी तरह का जो आप सोच रहे हो क्वेश्चन आंसर जो भी आप पूछना है तो देखा आपने कितना है सिंपल है इसको यूज करना समझ रहे हो आप तो देर मत करो भाई मैं तो बोलता हूँ आज से स्टार्ट कर दो इसको आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है ना रिलेटेड आपका दिमाग भटक रहा है ठीक है या कैसे आप कैसे कैसे कमाओ आपको सही रास्ता ऑन द वे सही मिलने रास्ता नहीं मिल रहा ठीक है कोई बताने वाला नहीं है ठीक है तो आप चैट जीपी ढूंढो चैट जीपी में आओ गूगल में सर्च करो ठीक है आप एक जो कुछ आपको क्लियर आंसर देगा कहीं भटकने की आपको जरूरत नहीं है तो इस्तेमाल कीजिए ठीक है चैट जी आराम से कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है आपको जी डालना अपना ठीक है आप ईमेल आईडी से अपना लॉगिन कर सकते हैं इसको और ईमेल आईडी से लॉगिन होने के बाद आपका चार जी पी टी खुल जाए चैट जीपी में आप क्वेश्चन पूछिए आपके आंसर मिलेंगे ठीक है तो इस्तेमाल कीजिए चैट जीपी ठीक है और कभी बताइएगा जरूर की इसका आपने जो तो इस्तेमाल किया कैसा लगा आपको चैट जी अगर अच्छा लगा हो तो फिर वीडियो को लाइक कीजिएगा ठीक है और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अच्छा लगा हो आपको ज्यादा अच्छा लगा हो वीडियो ठीक है आपको यूज करने में करने में आपको अच्छा लगा रहा तो तो है तो इस्तेमाल कीजिएगा अगली वीडियो में बताऊंगा आपको फेसबुक से पैसे आप किस किस तरह से कमा सकते हो और आपका चैनल मोनिटाइज कैसे होगा अगर आपने की गलतियां तो आपका चैनल मोनिटाइज नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे अभी के लिए अलग चाहूंगा आप लोगों से तो खुश रहिए खाते पीते रहिए और मेरी वीडियो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली न्यू अपडेट आप लोगों को मिलती रहे